नमस्कार मित्रों तो मैं अभिषेक सिंह उर्फ कवि बनारस आज आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें यहाँ मैं आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन शेयर सुनाऊँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर करें इससे आपको नए नए शायरियों की वीडियो पहुंचती रहेगी और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें अर्ज़ किया है एक मिस्रा ये है कि कोई तो बताए आखिर ये प्यार क्यों होता है कोई तो बताए आखिर ये प्यार क्यों होता है हर किसी पर इसका खुमार क्यों होता है कोई तो बताए आखिर ये प्यार क्यों होता है हर किसी पर इसका खुमार क्यों होता है खुदा क्यों रचता मोहब्बत के ताने बाने खुदा क्यों रचता मोहब्बत के ताने बाने आखिर क्यों होते कुछ पागल क्यों होते दीवाने आखिर क्यों होते कुछ पागल क्यों होते दीवाने